एक आदमी जो अपनी पावर से लॉकर पर हाथ रखकर पहले तो उसे फील करता है और फिर तीस सेकंड में ही उस मुश्किल तिजोरी को खोल लेता है अब उसने ये सब कैसे किया अब इसी के साथ हम कुछ टाइम पहले की कहानी देखते हैं जिसमें हम एक आदमी सिबास्टन को देखते हैं और वो अपनी वीडियो लैपटॉप में रिकॉर्ड कर रहा होता है जिसमे वो कहता है की आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ एक दफा एक आदमी था जो लॉकर बनाने की काम करता था लेकिन फिर उसकी पूरी फैमिली की मौत हो गयी और उसके बाद उसने चार ऐसे लॉकर बनाए जिसे दुनिया के सबसे मुश्किल लॉकर्स कहा जाता था क्योंकि उन लॉकर्स को कोई भी नहीं खोल सकता था वो आदमी अपनी फैमिली को खोकर काफी दुखी था इसीलिए उसने खुद को ही एक लॉकर में बंद कर लिया और उस लॉकर को खोलने के लिए बहुत सारे लोगों ने कोशिश की लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पाया इसीलिए उसी लॉकर में उस आदमी की भी मौत हो गयी लास्ट में इस लॉकर को उस आदमी की कबर समझ उसे पानी में बहा दिया गया लेकिन अभी भी वो तीन लॉकर बाकी थे लेकिन वो तीन लॉकर कहाँ आरोप है और किसके पास है इस बात का किसी को भी नहीं पता ये सब कुछ बताने के बाद ही बास्टन अपना वीडियो खत्म कर देता है और फिर उसे YouTube पर अपलोड कर देता है इसके बाद वो अपने पास पड़े एक लॉकर को अपनी आंखें बंद करके कुछ ही सेकंड्स में खोल देता है असल में वो हमेशा से ही मुश्किल लॉकर्स को खोलने की स्टडी कर रहा था और वो मुश्किल लॉकर्स को खोलने में काफी हद तक कामयाब भी हो गया था अब सिबास्टन की वीडियो आरोप न तो व्यूज आते थे और न ही लाइक्स आते थे जिसकी वजह ऐसी वो थोड़ा परेशान भी रहने लगा था इसके बाद सिबास्टन एक बैंक में जाता है जहाँ आरोप वो काम किया करता था तभी उसके सामने एक लेडी चिल्लाती हुई कह रही होती है की मैं यहाँ पर रोज आती हूँ लेकिन फिर भी मेरा काम नहीं किया जाता लेकिन आज जरूर हो जाना चाहिए तभी सिबास्टन को न्यूज़ से पता चलता है कि पूरे शहर में एक जोम्बे वायरस फैल रहा है जिसने बहुत सारे लोगों को इनफेक्टेड कर दिया है अब सिबास्टन को वो लेडी भी एक जोम्बे जैसे ही नजर आने लगी थी इसीलिए वो डरते हुए उसे चेक दे देता है काम होने के बाद वो लेडी वहाँ ऐसी चली जाती है यही आरोप हम नोटिस करते हैं की लड़की सिबास्टन आरोप नजर रख रही है नेक्स्ट डे सिबास्टन जब बैंक में होता है तो वो फिर ऐसी अपना यूट्यूब चैनल चेक करता है जिसमे एक व्यू और एक कमेंट भी था कमेंट में लिखा हुआ था कि अगर तुम अपना टैलेंट दिखाना चाहते हो तो दिए हुई एड्रेस पर आ जाओ वहाँ पहुँचने के बाद तुम एक पासवर्ड बोल देना अब ये देखकर कर काफी खुश और काफी एक्साइटेड हो जाता है इसीलिए वो फौरन उस जगह के लिए निकल जाता है वहाँ पहुँचने के बाद वो गार्ड को पासवर्ड बताता है तो गार्ड पासवर्ड सुनने के बाद उसे अंदर ले आता है जहाँ असल में एक कम्पिटिशन चल रहा था जिसमे जो भी सबसे पहले लॉकर को ओपन करेगा वो विनर होगा यानी वो जीत जाएगा इसके फौरन बाद फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाता है सभी लोग अपने अपने लॉकर को खोल देते हैं, जिसमें सिबास्टन चौथे नंबर पर आता है इसके बाद सेमीफाइनल का राउंड होता है जिसमें टोटल चार लोग थे और दो ही लोग फाइनल में जा सकेंगे और सेमीफाइनल में सिबास्टन दूसरे नंबर पर आता है यहाँ पर ऑडियंस खिलाड़ियों पर बैट भी लगा रही थी इसके फौरन बाद फाइनल राउंड स्टार्ट हो जाता है जिसमे बहुत ही मुश्किल लॉकर को सिर्फ तीन मिनट में खोलना था दूसरा आदमी टाइम स्टार्ट होते ही लॉकर को खोलने लग जाता है लेकिन सिबास्टन तो आराम ऐसी खड़ा हुआ था यानी वो लॉकर नहीं खोल रहा था बल्कि इधर उधर की चीजें देख रहा था और जब थर्टी सेकेंड रह जाते हैं तो वो लॉकर पर हाथ रखकर पहले तो उसे फील करता है और फिर बहुत ही कम सेकेंड में उस लॉकर को खोलने में कामयाब हो जाता है तब ये देखकर वो सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं लेकिन उसका कम्पेटिटर काफी गुस्सा हो जाता है और जैसे ही वो सिबास्टन को मारने के लिए आगे आता है तो गार्ड उसे पकड़ बाहर निकाल देता है फिर वही उसे एक लड़की ग्वेंटलिन दिखाई देती है और जब सिबासटन उसे देखता है तो वो उसे अच्छी लगती है असल में ग्वेंटलिन एक चोर होती है और ये वही लड़की होती है जो में भी सिबासटन आरोप नजर रख रही थी घर आने के बाद सिबास्टन अपनी कंपटीशन में जीती हुई ट्रॉफी को अपने पेरेंट की पिचर्स के पास रख देता है नेक्स्ट डे सिबास्टन जब रेस्टोरेंट में कॉफी ले रहा होता है तो तभी पीछे से गोन्डलिन आ जाती है और अचानक से उसके सामने आ जाने की वजह से सिबास्टन की कॉफी खुद आरोप ही गिर जाती है लेकिन सिबासटन उसे वहाँ पर देखकर खुश हो जाता है यहाँ पर ग्वेंटलिन उससे कहती है कि वो कमेंट मैंने ही तुम्हें किया था ताकि मैं तुम्हारे टैलेंट को देख सकूं। वो उसे ये भी रिवील करती है कि मैं वांटेड हूँ बहुत सारी कंट्रीज की पुलिस मुझे पकड़ना चाहती है तभी सुनकर सिबेस्टन थोड़ा डर जाता है तब ग्वेंटलिन कहती है की मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है हम असल में एक इंटरनेशनल चोरी करेंगे जिसमे हमें उस बुढ़े आदमी के बनाए गए वो तीनों मुश्किल लॉकर खोलने हैं वही बुरा आदमी जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था जिसने वो मुश्किल लॉकर बनाए थे गुएंडलिन बताती है कि उन लॉकर में बहुत सारा पैसा है तब ये सुनकर सिबास्टन काफी एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो हमेशा से ही उन तीन मुश्किल को खोलना चाहता था जब गुएंडलिन कहती है कि हमारे पास और भी लोग हैं और हम सब मिलकर ये चोरी करेंगे इसके बाद वो उसे अपना कार्ड दे कर वहाँ चली जाती है घर आने के बाद सिबास्टन काफी देर तक सोचता रहता है और फिर वो ग्वेंटलिन का साथ देने के लिए एग्री हो जाता है नेक्स्ट डे वो ग्वेंडलिन के घर जाता है जहाँ आरोप वो सिबास्टन को टीम के बाकी मेम्बर ऐसी मिलवाती है जिनमे एक लड़की को थी हैकर थी दूसरा एक आदमी जो खतरनाक ड्राइवर था और तीसरा जो कि काफी स्ट्रॉन्ग था क्योंकि वो बॉडी बिल्डर था तब सिबासन कहता है क्या हम पांचों मिलकर चोरी करेंगे और फिर किसी जगह पर छुप जाएंगे जिस पर ग्वालिन कहती है कि हाँ ऐसा ही प्लान है तब सिबासन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्यूँकी ऐसा करने ऐसी तो पुलिस को शक हो जाएगा हम आरोप ग्वालिन कहती है की हम पाँच लोगों की एक टीम है इसीलिए पुलिस को बहुत जल्द तो हम आरोप शक नहीं होने वाला अब कोरिना उन सभी को उन तीनों लॉकर के बारे में बताती है की पहला लॉकर पेरिस में है जिसे खोलना सबसे आसान है क्योंकि वहाँ पर इतनी सिक्योरिटी नहीं है दूसरा लॉकर प्राग में है जिसे खोलना थोड़ा सा मुश्किल है और तीसरा लॉकर स्विट्जरलैंड में है जिसे खोलना सबसे ज्यादा मुश्किल है और इसमें कम से कम 100 मिलियन डॉलर्स हैं। फिर कोरिना उस आदमी के बारे में भी बताती है जिसके ये तीनों लॉकर थे इसके बाद वो सभी रेडी होकर पेरिस के लिए निकल जाते हैं जहाँ वो सभी लोग सिबास्टन को प्लान समझा उसे बैंक के पास भेजते है इसके बाद सिबास्टन बैंक के अंदर आ जाता है जहाँ वो डर की वजह ऐसी काफी नर्वस था प्लान के अकॉर्डिंग वो वॉशरूम में छुप जाता है के बाद वहाँ पर ग्वेंटलिन आ जाती है जो बाहर खड़े गार्ड को उसका सामान पकड़ने की बहाने उसकी चाबी ले लेती है और अंदर आने के बाद वो रिसेप्शनिस्ट को उसके लॉकर के पास ले जाने के लिए कहती है वो लॉकर जो उसने गलत नाम से यहाँ पर ओपन करवाया था फिर वो लेडी ग्वेंटलिन को लॉकर के पास जोड़ देती है इसके बाद कोरिना अंदर आती है जो काउंटर आरोप बैठे लोगों को डिस्ट्रैक्ट करते हुए कहती है की मेरा क्रेडिट कार्ड गुम हो गया है उधर ग्वेंटलिन सिबासन को वॉशरूम ऐसी बाहर निकाल कर लिफ्ट ऐसी होते हुए उस लॉकर के पास ले आती है इसे देखकर कर सिबास्टन बहुत खुश हो जाता है और अब वो अपने थोड़ी मूवमेंट्स करके ग्वेंडलिन को लॉकर की कहानी सुनाने लगता है तब ग्वेंडलिन उसे कहती है कि प्लीज पहले तुम लॉकर को खोलो इसके बाद एक म्यूजिक लगा कर लॉकर को खोलने की कोशिश करता है इस लॉकर में तीन लॉक लगे हुए थे और वो लॉक की आवाज सुनते हुए पहले लॉक को ओपन करने में कामयाब हो जाता है और ऐसा ही करते हुए वो बाकी दोनों लॉकस को भी खोल कर लॉकर का दरवाजा ओपन करता है तब उसके अंदर इतने सारे पैसे देख वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं क्यूँकी यहाँ पर वो कामयाब हो गयी उस आदमी के पहले लॉकर को खोलने में फिर वो इस लॉकर के सारे पैसों को बैग्स में भरने लगते हैं यहाँ पर ग्वेंटलिन उसे कहती है कि बस देखते रहो अभी तो ये शुरुआत है क्योंकि दो लॉकर अभी और बाकी हैं और उन दोनों में इससे कई ज्यादा पैसा है तब उनका काम होने के बाद वो बॉडी बिल्डर अंदर आ जाता है और वो बाकी लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता है तो मौके का फायदा उठाकर सी और ग्वेंटलिन दोनों बाहर आ जाते हैं बाहर आने के बाद वो वैन में बैठ जाते हैं और वहाँ ऐसी निकल जाते हैं और काफी खुश भी होते हैं अब इनकी चोरी के बारे में एक ऑफिसर को चल जाता है क्योंकि बैंक के बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमरास में गुंडलिन और वो बॉडी बिल्डर कैप्चर हो गए थे तो वो सीनियर ऑफिसर बाकी ऑफिसर्स को बताता है कि इन लोगों ने पाँच साल पहले भी सेम ऐसे ही चोरी की थी और पाँच साल पहले जब मैं इन्हें पकड़ने ही वाला था कि वो बचकर भाग गए और मुझे लगता है की इनके पास एक और मेम्बर भी है और मेरा ख्याल है की इसके बाद ये प्राग जाने वाले है ताकि वो दूसरे लॉकर के पैसे चोरी कर सके लेकिन इस बार मैं इन्हें नहीं छोड़ने वाला अब पहले लॉकर को चोरी करने के बाद वो लोग सेलिब्रेशन कर रहे होते है इसके बाद स्टेन िन के रूम में आता है जहां ग्वेंटलिन उसे अपने बारे में बताती है कि मेरे पेरेंट्स बहुत अमीर थे लेकिन उनका ध्यान मुझ पर जरा भी नहीं था और तभी मैं इन लोगों से मिली और तभी से मैं भी चोर बन गई। अब इन दोनों के बातें करने से उस बॉडी बिल्डर को जेलस फील हो रहा था क्यूँकी वो ग्वेंटलिन को पसंद करता था नेक्स्ट डे वो सब प्राग के लिए निकल जाते हैं और वो सभी उस बैंक के सामने आ जाते हैं जहाँ पर वो दूसरा लॉकर था यहाँ आरोप कोरिना बताती है की ये बैंक काफी एडवांस है इसीलिए हमें काफी ख्याल रखना होगा अब ये सुनकर ऐसी थोड़ा डर जाता है फिर तो वो सीनियर ऑफिसर भी अपने बाकी ऑफिसर्स के साथ बैंक के बाहर नजर रख रहा था ताकि जैसे ही वो लोग चोरी करने के लिए आए तो वो उन्हें पकड़ ले उधर ग्वेंटलिन सिबास्टन को समझाकर उसकी हिम्मत बढ़ाती है इसके बाद सिबास्टन बैंक के अंदर चला जाता है जहां वो कोरीना की दी गई नकली आईडी की मदद से आगे बढ़ता है साथ साथ कोरीना उसे इंस्ट्रक्शंस भी दे रही थी आगे बढ़ने पर सिबास्टन को दो दरवाजे दिखाई देते हैं जिसमें से वो लेफ्ट साइड वाले दरवाजे की तरफ जाता है और फिर लेफ्ट की मदद ऐसी उस लॉकर के पास चला जाता है लेकिन कैमराज आरोप नजर रखने वाले गार्ड को उस पर शक होने लगता है क्यूँकी वो दरवाजे ऐसी अंदर जाने के बाद बाहर आया ही नहीं इसके बाद सिबास्टन एक डोर के पास आता है जो की लॉक था कोरीना उसे अपनी उंगली को चाबी की तरह घुमाने का ड्रामा करने के लिए कहती है ताकि किसी को भी उन पर शक ना हो और तब तक कोरीना उस लॉक को हैक करके वो दरवाजा खोल देती है इसके बाद सिबास्ट को ग्वेंडलिन मिलती है तब वो दोनों लिफ्ट के जरिए लॉकर के पास आने लगते हैं लेकिन तभी गार्डस वहाँ आरोप आकर उन पर अटैक कर, कर देती है लेकिन यहाँ आरोप ग्वैंटलिन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी गार्ड्स को बेहोश कर देती है ग्वेंटलिन की बहादुरी देख सिबास्टन काफी हैरान हो जाता है उधर गार्डस को भी सी सी पता चल जाता है की दरवाजे का लोग हैक करके खोला गया है इसीलिए वो सभी डोर्स को बंद कर देते हैं इसीलिए कोरिना अब उस बॉडी बिल्डर को टू यूज करने के लिए कहती है और तब वो बॉडी बिल्डर अपना मास्क लगा कर बैंक के अंदर घुस जाता है और वो सभी को गन्द दिखा कर एक जगह पर खड़े होने के लिए कहकर काउंटर वाली फीमेल को सारे पैसे बैग में भरने के लिए कहता है ताकि वो सभी को डिस्ट्रैक्ट कर सके उधर उस ऑफिसर को कहीं भी कोई भी गड़बड़ नहीं लगती इसी उसे शक हो जाता है की कुछ तो उल्टा चल रहा है इसीलिए वो अब उस बैंक के अंदर आ जाता है अपने ऑफिसर के साथ जहाँ उसे पता चलता है उस लॉकर को तो एक हफ्ता पहले ही कहीं और पर शिफ्ट कर दिया गया है तब तभी सुनकर वो ऑफिसर गुस्सा हो जाता है इसीलिए अब वो अपनी असिस्टेंट और बाकी ऑफिसर्स के साथ उस ब्रांच के लिए निकल जाता है उधर सी जब दूसरे लॉकर को खोल रहा होता है तब तो उसे थोड़ी गड़बड़ हो जाती है जिससे बाकी लॉक्स भी अंदर चले जाते हैं जब सी बात को कहता है की अगर अब गलती हुई तो ये लॉकर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा इसके बाद वो फिर ऐसी लॉकर को ओपन करने की कोशिश करता है जिसमे वो लके एक एक करके तीनों लॉक्स को खोल लेता है जिससे उस लॉकर का दरवाजा भी फाइनली खुल जाता है और ये देखकर वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं उधर कोरिना अपने साथी बॉडी बिल्डर ऐसी कहती है कि काम हो गया है अब तुम वापस आ जाओ लेकिन तभी उस बॉडी बिल्डर को गार्ड्स पकड़ने आ जाते हैं और तब बचने की कोशिश में उसके शोल्डर पर गोली लग जाती है इसीलिए वो विंडो से कूदकर सीधा वैन में आ जाता है जब बॉडी बिल्डर बैंक ऐसी बाहर निकल जाता है तो लोग भी बैंक ऐसी बाहर निकलने लगते है मौके का फायदा उठाकर ग्वेंडलिन और सिबास्टन भी बैंक ऐसी बाहर आ जाते हैं और वैन की तरफ भागने लगते है तब सिबास्टन अपने बैग को वैन में डाल देता है तो वो बॉडी बिल्डर पहले ग्वालियन को पकड़कर वैन में बिठाता है और जब वो सिबास्टन को पकड़कर अंदर बिठाने लगता है तो उसे ख्याल आता है कि अगर ये हमारे साथ रहा तो वो ग्वाडलिन को मुझसे छीन लेगा इसीलिए वो इस गुस्से में उसे बाहर फेंक देता है वैन से तभी देख कर वो सारे काफी हैरान हो जाते हैं लेकिन तब तक वैन भी वहाँ ऐसी जा चुकी थी उधर अनफॉर्चुनेटली पुलिस सिबास्टन के पीछे पड़ जाती है इसीलिए वो एक साइकिल चुरा कर वहाँ भागने लगता है इसके बाद वो ऑफिसर भी उस बैंक तक पहुँच जाता है जहाँ उसे पता चलता है की वो लॉकर भी चोरी हो गया है यानी दूसरा लॉकर और सीसीटीवी में भी कोई सबूत नहीं है वो भी ब्लैंक है तभी सुनकर उस ऑफिसर को बहुत गुस्सा आता है उधर सिबास्टन पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करते हुए एक ट्रेन में चढ़ जाता है उधर वैन में ग्वालीन उस बॉडी बिल्डर ऐसी पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया सिबास्टन को क्यूँ वैन ऐसी बाहर फेंक दिया जिस पर वो बॉडी बिल्डर कहता है की अगर मैं ऐसा ना करता तो हम सभी फंस जाते और वैसे भी अब हमें सिबास्टन की कोई जरूरत नहीं है क्यूँकी अब हमारे पास इतना पैसा आ गया है की हमें तीसरे लॉकर को चोरी करने की जरूरत ही नहीं है कहती है कि मैं ये मिशन पैसों के लिए नहीं कर रही तब इसीलिए वो गुस्से में आकर वैन से बाहर निकल जाती है तब ग्वेंटलिन को जाता हुआ देख कुरिना भी उसके साथ मिल जाती है तब उन्हें देखकर वो बॉडी बिल्डर कहता है कि चले जाओ तुम लोग मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है उधर सीबासन अब अपने घर आता है जहाँ ग्वेंटलिन और कुरिना पहले ऐसी ही मौजूद होती है और वो सिबास्टन को सरप्राइज देकर डरा देती है सिबास्टन गुस्से में आकर उनसे कहता है की तुम यहाँ आरोप क्या कर रही हो चले जाओ यहाँ ऐसी ग्वेंटलिन उसे समझाते हुए कहती है की हमारा वो साथी यानी बॉडी बिल्डर पैसों के लिए मिशन करना चाहता था लेकिन मैं पैसों के लिए नहीं कर रही बल्कि मैं तो हिस्ट्री में अपना नाम लिखने के लिए ऐसा कर रही हूँ और हम तुम्हारे बगैर तीसरे लॉकर को नहीं खोल सकते तब यहाँ पर सिबास्टन उनकी बात मानते हुए कहता है कि अब तो मुझे भी उस लॉकर को खोलकर अपनी एक्साइटमेंट को खत्म करने का दिल है तभी सुनकर वो दोनों हंसने लगती है उधर उस सीनियर ऑफिसर को यूट्यूब आरोप सिबास्टन की वीडियो मिल जाती है तब वो अपने असिस्टेंट को बुला उससे कहता है की उन लोगो ने इस लड़के को हायर किया है उस लॉकर को खोलने के लिए लेकिन ये तो एक आम सा लड़का है और इसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और उन लोगों ने इसे अपना काम होने के बाद वैन ऐसी बाहर फेंक दिया और अब शायद वो काफी डरा हुआ होगा और इसीलिए शायद हम उसे भी पकड़ ले और बाकी को भी पकड़ ले और इस तरह से हम उनकी मास्टरमाइंड तक पहुंच जाएंगे उधर वो लोग तीसरे लॉकर इन्हें स्विट्जरलैंड के लिए निकलते हैं जहाँ आरोप वो ऑफिसर पहले ऐसी ही अपने साथियों के साथ उस गैम्बलिंग क्लब के बाहर खड़ा होता है क्यूँकी तीसरा लॉकर यही आरोप इस गैम्बलिंग क्लब में और तभी एक ऑफिसर को कोरिना का सिग्नल मिलता है जिसमे वो कहती है की हम पाँच बजे गैम्बलिंग क्लब के अंदर जाएंगे इसीलिए अब ऑफिसर पांच बजने का इंतजार करता है और जब पाँच बजते हैं तो वो कैम्पलिंग क्लब के अंदर आकर मैनेजर को कहता है कि लॉकर को खतरा है जिस पर वो मैनेजर कहती है कि हमें पता है आप लोगों ने तो हमें बताया था तभी सुनकर वो ऑफिसर एकदम हैरान हो जाता है तो वो मैनेजर उन्हें बताती है कि आठ घंटे पहले आप लोगों की तरफ से हमें कॉल आई थी की लॉकर चोरी होने वाला है इसीलिए हमने उस लॉकर को दूसरी ब्रांच में शिफ्ट करवा दिया है इसके बाद मूवी अब आठ घंटे पहले चली जाती है जहाँ आरोप कोरिना ने ही मैनेजर को कॉल करके कहा था की लॉकर चोरी होने वाला है और तब मैनेजर ने गार्ड को बुलवाया ताकि लॉकर को दूसरी ब्रांच में भिजवा सके लेकिन जिस गाड़ी में वो गार्ड्स होते हैं उस गाड़ी में ग्वेंडलिन घुस जाती है और वो दोनों गार्ड्स को मारकर उन्हें बेहोश कर देती है इसके बाद वो और सिबास्टन दोनों गार्ड्स के कपड़े पहनकर उस गैम्बलिंग क्लब में आते हैं और गाड़ी में लॉकर रख कर उसे ले जाने लगते है इसके बाद वो फिर ऐसी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है जहाँ आरोप वो ऑफिसर एक बार फिर ऐसी भड़क जाता है और अपने ऑफिसर के साथ उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है उधर गैम्बलिंग क्लब के बाहर बॉडी बिल्डर और उसका दूसरा साथी यानी वो ड्राइवर भी होते है जो बाकियों के और को चोरी करने के बाद अपना हिस्सा यानी अपने पैसे लेने आए थे लेकिन तभी उसे ग्वारलिन की लोकेशन का पता चल जाता है कि वो यहाँ पर नहीं है उधर कोरिना को भी पता चल जाता है कि उनका वो साथी यानी बॉडी बिल्डर अब ग्वार के पास जा रहा है क्योंकि उस टाइम वो गैम्बलिंग क्लब के पास ही थी इसीलिए कोरिना अपने साथी को रोकने के लिए उसके पास आ रही होती है लेकिन तब तक उसकी दोनों साथी यानी बॉडी बिल्डर और वो ड्राइवर वहाँ ऐसी भाग जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली वो ऑफिसर कोरिना को पकड़ लेता है लेकिन बिल्कुल ठीक टाइम आरोप वो मैसेज करके ग्वारलिन को बता देती है वो बॉडी बिल्डर और हमारा दूसरा साथी तुम्हारे पीछे आ रहे हैं मैसेज करने की बात कोरीना अपना मोबाइल तोड़ देती है यहाँ पर वो ऑफिसर उसे धमकी देते हुए उसे कहता है कि बताओ तुम्हारी बाकी साथी कहाँ है तब उसकी असिस्टेंट उस ऑफिसर को रोकते हुए कोरीना से पूछती है कि बताओ तुम्हारी बाकी साथी कहाँ है इसके बदले में हम तुम वादा करती है की हम तुम्हारे भाई का हमेशा ख्याल रखेंगे असल में कोरिना अपने भाई ऐसी सबसे ज्यादा प्यार करती है और अगर वो जेल में चले गयी तो उसके बाद उसके भाई को संभालने वाला कोई भी नहीं होगा इसीलिए वो उन लोगों की ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और अब वो लोगों को ग्वेंटलिन के पास ले जाने लगती है उधर ग्वेंटलिन गाड़ी चला रही होती है और पीछे सिबास्टन लॉकर को खोलने की कोशिश कर रहा होता है और इस लॉकर को खोलना इसीलिए मुश्किल था क्योंकि इस पर सात लॉक लगे हुए थे इसके बाद सिबास्टन म्यूजिक प्ले करता है और उन लॉक्स को खोलने की कोशिश करता है जिसमे ऐसी वो छह लॉक्स को खोलने में कामयाब हो जाता है तभी अचानक ऐसी रास्ते में एक मोड़ आ जाता है जिसके मुताबिक ग्वेंटलिन गाड़ी को घुमा देती है जोर ऐसी जिससे सिबास्टन गिर जाता है इसके बाद वो फिर ऐसी कोशिश करके सातवे लॉक को भी लेता है सारे लॉक्स को खोलने के बाद फाइनली वो लॉकर को ओपन करने में कामयाब हो जाता है जिससे वो दोनों इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उनकी खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं होता क्योंकि वो तीन सबसे मुश्किल लॉकर को खोलने में कामयाब हो गए थे इसके बाद वो गाड़ी को एक जगह आरोप रोक सारे पैसे बैग में भरने लगते है लेकिन तभी वहाँ पर वो बॉडी बिल्डर और उनका दूसरा साथी यानी वो ड्राइवर अपना हिस्सा लेने के लिए वहाँ आरोप आ जाते हैं यहाँ पर वो बॉडी बिल्डर उन पर गन प्वाइंट करके पैसे मांगता है लेकिन ग्वेंटलिन इसके लिए साफ इनकार कर दी थी इसीलिए वो सी को शोट कर देता है लेकिन उसकी गन में एक भी बुलेट नहीं थी इसके बाद ग्वेंटलिन उस पर गन प्वाइंट करके उसे कहती है की मुझे तो तुम आरोप पहले ऐसी भरोसा नहीं था इसीलिए मैंने तुम्हारे गन में गोलियाँ डाली ही नहीं थी इसके बाद वो उन दोनों को गाड़ी ऐसी बांध देती है और उनकी गाड़ी लेकर सिबास्टन के साथ वहाँ ऐसी निकल जाती है उनके जाने के बाद वो ऑफिसर भी वहाँ आरोप आ जाता है और वो बॉडी बिल्डर और उनके उस साथी ड्राइवर को पकड़ लेता है उधर ग्वेंटलिन और सिबास्टन भागते हुए एक बोर्ड के पास आ जाते लेकिन इससे पहले की वो वहाँ ऐसी भाग पाते लगीली वहाँ पर वो ऑफिसर भी आ जाता है जो उन दोनों पर गन पॉइंट करके उन्हें खुद के हवाले करने के लिए कहता है लेकिन ग्वेंटलिन भी उस पर गन पॉइंट कर देती है और अब वो उस ऑफिसर को पैसों का लालच देने की कोशिश करती है तो वो ऑफिसर इस ऑफर को लेने से इनकार करते हुए कहता है कि मैं पाँच साल ऐसी तुम लोगों का पीछा कर रहा हूँ तुम्हे पकड़ने के लिए और तुम्हे पकड़ना ही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी इसीलिए कोई भी रास्ता न होने आरोप ग्वेंटलिन उसे कहती है की ठीक है मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर दूँ लेकिन तुम्हें इसी को छोड़ना होगा क्यूँकी कसूर है वो कोई भी क्रिमिनल नहीं है तो वो ऑफिसर ग्वेंटलिन की बात मान लेता है लेकिन तब सिबास्टन ग्वालिन को अकेला छोड़कर कर वहाँ ऐसी जाने के लिए मना कर देता है तब ग्वान उसे समझाते हुए कहती है कि अभी तुम जाओ और मैं जेल से निकलने के बाद सीधा तुम्हारे पास आऊंगी इसके बाद सिबास्टन उसकी बात मान कर बोट में बैठ कर वहाँ निकल जाता है और वो ऑफिसर ग्वेंटलिन को पकड़ लेता है उधर सिबास्टन को अपना पासपोर्ट भी मिलता है जहाँ ग्वानिन ने सबके लिए अलग अलग पासपोर्ट बनवाए हुए थे तब ये देखकर सिबास्टन को ग्वालिन के साथ गुजारे गए सारे मोमेंट्स याद आने लगते हैं। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है इसके बाद हमें कैलिफोर्निया का सीन दिखाया जाता है जहाँ सिबास्टन ने ग्वान सेफ एंड लॉक नाम का एक स्टोर खोला था और तभी सिबास्टन के पास दो लोग मिलने आते हैं और उनके पास भी एक लॉकर का मैप होता है और वो सिबास्टन ऐसी पूछते हैं क्या तुम इस लॉकर को खोल सकते हो इसे देख सिबास्टन खुश होते हुए उन्हें कहता है की हाँ मैं इसे खोल सकता हूँ और इसी मिस्टीरियस एंडिंग के साथ ये मूवी यही आरोप एंड हो जाती है थैंक यू फॉर वॉचिंग